श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्पगणित अमित छवि नवनीलनीरज सुंदरम पटपीतमान तड़ित रुचि सुचिनामी जनक सुतावर भजुदीन बंधु दिनेश दानवदैत वंशनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्रदशरथ नंदन सिर मुकुटकुंडल तिलक चार उदार अं। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इतवित तुलसीदास शंकर शेष मुनिमनम मम हृदय कंज निवास कुर काल दल मनु जाही राज मिल चोवर सहज सुंदर शावरो करुणा निधान शान शील स्नेह जानत रावरो यही भाति गौर अशीष सुन शि सहितर शियरी तुलसी भवानी पूज पुनि बुनि मुदित मन मंदिर चली जानगारी अनुकूल यह हर सूरा जाय कहीं मंजुर मंगल मूल वाम अंग फर कगे श्रियावर राम चंद्र की जय पवन शुत हनुमान की जय